दुख बन भंजन मारुति नंदन लो दुख भंजन मारुति नंद नव निधि के दाता मारुति नंदन दुखन सुन लो परम पारे है शक्ति तुम्हारी है शक्ति तुम्हारी तुम पर दुख मारुति नंदन।, नंदन सुन लो मेरी पुकार चपुनरंतर नाम, नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं मारुति नंदन।, नंदन सुन लो मेरी पुकार